नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि रेफ़र कोड क्या होता है रेफ़र कोड एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल अक्सर किसी ना किसी ऐप को डाउनलोड करते समय या फिर अकाउंट बनाते समय किया जाता है और आपने कभी ना कभी रेफ़र कोड का इस्तेमाल किया होगा आपके मन में तभी यह सवाल उत्पन्न हुआ है इसलिए आज हम आपको रेफ़र कोड के बारे में सम्पूर्ण जानकारी देने वाले हैं रेफर कोड क्या होता है और रेफर कोड का इस्तेमाल क्यों किया जाता है रेफर कोड एक अर्निंग के बारे में संकेत देता है रेफ़र कोड की मदद से आप पैसे कमा सकते हैं क्या प्रोसेस होता है रेफर कोड का इस्तेमाल क्यों किया जाता है तो दोस्तों आपको बता दें रेफर कोड का इस्तेमाल किसी कंपनी द्वारा अपने प्रोडक्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर व सर्विस आदि को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने तथा लाभ प्राप्त करने के लिए किया जाता है जो कि एक प्रकार की एफीडियेट मार्केटिंग के तरह काम करता है इसलिए रेफर कोड प्रमोट करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को एक यूनिक कोड दिया जाता है जिसे रेफर कोड व इन्वाइट कोड भी कहा जाता है तो आप समझ गए होंगे कि रेफ़र कोड क्या होता है और इसका यूज़ क्यों किया जाता है तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और यह जानकारी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए